यह दुनिया माँ तुम्हें दुख होई, फिरो खुश रहो कहे से कि मैं संसार का जीत लेने हूँ नहीं नहीं पाया। तो बातों सीधा चले कल रात के मैं बहुत खराब सपना देखे सपना ठाकुर का देखे और कितना समय चाहिए चार साल हो गया मोर पैसा नहीं लौटते आमीन नामे कर दे फिर एक दूसरा सपना आवाज जौन पहले से ज्यादा खराब रहा ते जाना था ना मैं कुआ हूँ चार साल होगी पैसा देने अगर ते वहां जल्दी पैसा न देने तो मैं तो तुम्हारा खेत खींच लिया चार चार जनन का कर्जा है अब तो यह साल खादो बीज का पैसा नहीं है। इमार खेत खेती तो खींच सकती थी हे भगवान पता नहीं मैं का करूं। और मैं तेज रोशनी में एक आदमी का दिखे जौन मुझसे कहिस कि वो एक साधु का भेजी मोर सहायता करें चाहते अगर हम उनका पैसा वापस नहीं करें तो हमारे खेत खींचना है बहुत डर लागत है गरीबन के तो सपने डरावने वाले होती अगर सही होगी तो मुंह धोके धोके ला पाएंगे आज खाए का कुछ नहीं है कहा करूँ मैं घर में खाए का कुछ नहीं है हाँ? कहा बनाऊ बनिया क्या उधार पर है अब वो हमें उधारों न दे मुन्नी भूखी हो ही से सवेरे से खेती में काम करते हो सोचो खाए का कुछ नहीं है पानी ले जाऊं? एक काम कर तो घर जा मैं अपन काम पूर्ण करके आवा शाम के कुछ न कुछ इंतजाम कर ठीक है मैं जा घर में मुन्नी भूखी है मोहर और फैमिली का तो चल जायी पर मुन्नी का, का होई? जल्दी दिन कुछ करें बाबू मुझे भूख लागी सुबह से कुछ नहीं खाए बस पानी भर पी हूँ कुछ खाए के लिए वो बात सुन। बाबू बनियन नहीं जा सकता है, है काम कर। उनके दुकान में राशन मांगे कई दिन है कि बाबूवन का जब पैसा मिल जाए तुम्हारा धारित बिटिया सुन सुन मुन्ने कहा है बाबू वो बनिया से कई दिन है बाबू थोड़ी समोस मार्क दवाई मंगवाई नहीं वो कहा है ना खेत में बहुत मूस हो गए हैं हाँ बाबू वो दवाई कहां है? वो दवाई सिर्फ तो महीन है। अच्छा ठीक है का राशन देना जी प्रणाम प्रणाम ये भगला? कितना तो समय हुई का? कभी दया है तुम वो पैसा ठीक है ठीक है मालिक दे दया और ये कौन नाटक है अब तो बिटिया के देखा लागे आज अंतिम बारह दीने हूँ अब न दे उधार ठीक है सेठ जी हाँ रुक रुक तो दवाई मंगाए रहे बिटिया से केटी में डाले खातिर ले लिया ले जा लेकिन ध्यान देने अंतिम बारह दे पियास ला के पानी पिला दियो हालास रहो बच्चा खुश रहो आइए बच्चा कुछ खाना हो ही का बहुत दूरी से आए उधार मैं उन्हें कसत दे दूँ। दुखी ना हो सामली घर आए मेहमान का हम भूखा नहीं रह सकते तो हिस्सा उन्हें दे तुम्हें तो भूखा राग में कसत खा सकती हूँ तुम तो मोरो हिस्सा की रोटी उन्हें दे हम आज दूखे सोजे वाह बिटिया, तय तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। लागत है ये साल बहुत बढ़िया फसल नहीं बाबा बारिश के राह देखत देखत महिन हो गए हैं घामे के तपरमा खेत बंजर हो गए हैं बच्चा शायद यही से आए अपने पूरे परिवार के साथ अपन जीवन खत्म करें का योजना बनावत रहे हैं। ना बिटिया। आदमी चाहे योजना बनावे, पर वही का सफल परमात्मा के बाबा? तो कष्ट है जीवन में आए तो सोचो रोज रोज मरण से नीचे एक दिन सब मर जान। जाए शरीर का परमात्मा अपने इच्छा पूरी होय के खातिर होना वही अपने स्वार्थ के खातिर खत्म करे का सोचो पा पाए बच्चा बाबा पूरे गांव से कर्ज ले चुके हूँ अब हम तो नहीं सके बच्चा आदमी तो सूरज और चांद में माग ढूंढे जबकि हम रोशनी के बदले हमसे कुछ नहीं मांग हम बस अपन हाँ तो। हम किसान जीवन के आशा कसर लगाई बाबा सूखा है तुम तो किसान हो बच्चा वो मैं बीज डाल वो मैं खाद डालती हो लेकिन वही बढ़ाव वो बढ़ावा फल लगावे का काम का तुम ही करती हो नहीं बाबा मकसद कई सकत हो बच्चा जो उन काम मनुष्य के बस नहीं वह काम सतगुरु से संभव है यीशु यीशु बाबा बच्चा मैं तुम्हें के चमत्कारन एक कहानी सुना बच्चा प्रभु यीशु परमात्मा के एक लौता यीशु एक अद्भुत शिक्षक है केर सुनव आदमीन का बहुत नी लागत उन्हें परमात्मा के पास वापस आवे का रास्ता प्रभु यीशु एक शक्तिशाली अद्भुत चमत्कार करने वाले रहे हैं एक बार प्रभु यीशु अपने चेलन के साथ नाव में बैठ एक बड़ी झील का पार कर नामा म प्रभु यीसु स्वावत रही तब ही न एक शक्ति साली तूफान आवा के चेला उन्हें उठाई और कही प्रभु हम सब मारे वाले आई हमें बचाओ प्रभु ईशूर्थ थे और तूफान का कही शांत हो जा। इसके बाद तुरते हवा और पानी कई लहरें बंद हो प्रभु ये प्राकृतिक से ज्यादा बाद में उन हमय पापन खातिर क्रूस में पापन प्राण दिमत चुका परम पिता परमात्मा उन्हें फिये से जीवित कई दिन और उन परमात्मा से हमय खातिर प्रार्थना करतीन पवित्र आत्मा का हम साथी के रूप में दहीन ताकि जब हम कमजोर हुआं तब जरूरतन हमार मदद करें। तो क्या बाबा? बाबा से मैं तन जरूर बिटिया। तो जल्दी उपाय बताओ जैसे बारिश हो जाए जाए। और हमार खेत भर पर उसे पहले एक खेत और है बच्चा जेहे माँ बारिश हुआ बहुत जरूरी है वो कौन खेता बाबा वो खेत आ तुम्हारा मन और तुम्हारा आत्मा तुम ये काबा हाँ बच्चा एक सृष्टि के रचयिता है ऊँ आए परम पिता परमात्मा ऊ भले हैं वो कहू के सृष्टि नाश करें के खातिर नहीं करी सतगुरु यशु कहें जगत की ज्योति मैं हूँ जो मुहिम विश्वास करी वो नाश न होई, पाए हमेशा का जिंदगी पाए बाबा जिंदगी के तकलीफन के वजह से ही इंतन के पाप करे का सोचन हमें माफी दाओ बाबा कोनो बात नहीं बेटिया जो कोई सदगुरुशु पर विश्वास करे अपने पापन से पछता थी और उनसे विनती कर थी उन्हें पापन से क्षमा कर और मुक्ति दे थी वो सब दिन का जीवन पाओ खातिर हमें का करें परी बाबा बच्चा अब तुम तीस दिन अंतक सदगुरु से प्रार्थना करो उनसे अपने बाप के जैसे बातें करो ऊ तुम्हार प्रार्थना जरूर सुनी है काहे से वो भाले तुम्हें खुश राख बच्चा अब मैं फिर से जाओ बाबा रोटी है रोटी तक आप रोटी कसा गई लागत हूँ बाबा हमसे सही कहा लागत है बाबा सही कहा चलो खाई चलो चले चलो, चलो चलो खाई पास है है कि कि महाराज हमें लगे भेजन है। सही है। मुन्नी के बाबू वादा करो कि तुमका तो जहर खाए हो तुम्हें अलावा हम अरे पगली इंतना का है, है तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई मैं वादा करता हूं अब इनतना कतौ न हुई अब तुम आराम से सो जाओ सदगुरु कहें जीवन की रोटी मैं मैं जो को मैं पास आवत भूखा और जो को पर विश्वास मुश्वास कर वो कतो पियासा न हे प्रभु परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ तुम्हे न हो मेरे जीवन के जीवन और आत्मा की आत्मा दया कर मोर हृदय माँ तुम्हें सिवा और कोहू का जगह न हो मैं तुमसे को वरदान नहीं पर तुम का मांगत हो मैं संसार या वही का धन नहीं पर तुमहन का मांगत हूं। तुम जहां हो प्रभु तुम जहा हो वही वहीं स्वर्ग है मोरे जिंदगी के बहुत प्यास केवल तुम्हें मिटा सकती हो हे मोही बना वाले प्रभु यीशु मोरे हृदय में आओ और वो सब खराब विचारन का मोरे हृदय से निकाल कर दूर कह दो प्रभु यीशु मोरे हृदय में आओ और वहाँ निवास करो सतगुरु यीशु के नाम से ऐसे नोए सतगुरु यीशु हमारी बेटी को संभाला सतगुरु यीशु आज का दिन संभाला प्रभो उसके लिए धन्यवाद करते हैं सतगुरु हमारी बेटी को पढ़ने लिखने का प्रभु ज्ञान बुद्धि दे प्यारे दया सतगुरु, हमारी बेटी को संभालना, आगे भी चाहे मदद करना सतगुरु और जीवन मैं कहें बिना मुझको परमात्मा के पास नहीं पहुंच सके पर हमारी जिंदगी हमारे भरा और की बहुत बहुत धन्यवाद। न न म पिता परमात्मा उन्हें समय समय से खाना दी थी सदगुरु ऋषु पर विश्वास करो एक दूसरे से प्रेम करो एक दूसरे का क्षमा करो बोलो सदगुरु ऋषु महाराज की जय। प्रभु नाम की एक धारा जय